असलम दोस्तों दोस्तों आज वीडियो में आपके साथ जैद का एक ऐसा कोड शेयर करने वाला हूँ जिसके थ्रू आपको मिलेगा बिल्कुल मुफ्त में 4000 हजार MB वो भी अगले तीन दिन के लिए जी हाँ दोस्तों आज जो कोड है वो एकदम वर्किंग है दोस्तों वो तमाम सिम पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये कोड जो है मेरी सिम पर वर्क नहीं किया तो फ्रेंड्स ये जो कोड है ये तमाम सिम पर अवेलेबल है लेकिन इस इस कोड में कुछ सिटीज अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा कि यानी कि कौन कौन से सिटीज इस यानी कि कोड के लिए ऐड हैं तो वो आपने यानी कि लाजमी देख लेनी है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं वो बेचारे सिर्फ कोड देख लेते हैं फिर वो कहते हैं कि यार ये कोड हमारे सिम पर वर्क नहीं किया तो इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट देख लेना ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो तो दोस्तों वो कोड बताने से पहले आपसे एक छोटी सी छोटे पर पहली बार पार हैं। तो नीचे आपने देख लेना राइट में आपको ऐसे सब्सक्राइब लिखा हुआ नजर आ रहा होगा वहां पर आपने दबा लेना और साथ में एक घंटी बन जाए कि आपने इसके ऊपर आल लास्ट में क्लिक कर लेना दोस्तों बहुत दो लोग ये कहते हैं कि यार आल पर क्यों दोस्तों जी कोड जो जो होते हैं ट्रिक्स जो होते हैं ट्रिक्स ये लिमिट तौर पर वर्क नहीं करती सिर्फ एक लिमिट में वर्क करती यानी कि एक हद में वर्क करती है, है। चाहे वो एक हफ्ता हो सकता है महीना हो सकता है या फिर वो एक साल भी हो सकता है दोस्तों इनका कोई पता नहीं होता इसलिए दोस्तों जो भी वीडियो यानी कि अपलोड होगी जब आप आल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले मिल जाएगी तो चलिए बैक डैलर में आ जाती हैं। यहां पर आपने लगाना स्टार चार ठीक है उसके बाद आपने दो हैश लगाना ये ये वाला कोड नहीं अगर आप ये वाला सोच रहे हैं तो ये वाला कोड बिल्कुल भी नहीं ये इससे डिफरेंट है यहाँ पर आपने दो हैश लगा देना और ओके कर देना अपनी जैज के सिम पर ठीक है तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं 4000 हजार मिल चुका है वो भी अगले तीन दिन के दोस्तों जो पैकेज होता है यानी कि एक 3G सिम को 4G जी कन्वर्ट पर करवाते हैं तो उसका कोड अलग है अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार आपको मतलब पता नहीं था दोस्तों ये ऑफर न्यू है 2022 में आ ये इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों में आपको प्रूफ इसलिए देता हूं ताकि आपका कोई भी शक न रहे तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें क्योंकि हो सकता है कि आपके इस यानी के शेयर से कितने लोगों का फायदा हो जाए तो ऐसी 100% रियल वीडियो देखने के लिए तो वो वीडियो के नीचे इस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई भी सवाल तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और जिन भाइयों के पास वर्क कर जाए वो भी कमेंट्स करके बता दे और जिन भाई के पास वर्क ना करे वो भी काइंडली लाजमी बता दीजिएगा तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा दीजिए जज अल्लाह हाफिज